म पर किसी भी स्कूटी या बाइक में जो स्पीडोमीटर होते हैं मतलब जहां पर देखकर हमें पता चलता है कि कितने की स्पीड पे गाड़ी चल रही है अगर आपने नोटिस किया हो तो जो उसमें मैक्सिमम स्पीड होती है वो 120 या 140 किलो प्रति घंटा की होती है पर सच तो ये है कि ये बाइक कभी भी इनकी टॉप स्पीड पर पहुँच ही नहीं सकती तो स्पीडोमीटर में ये एक्स्ट्रा स्पीड क्यूँ दिए है जाते हैं तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखे और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले परसेंट लोग जो बाइक या स्कूटी चलाते हैं उनकी एवरेज स्पीड पैतालीस ही होती है और बाकी बचे 2% लोग वो लोग कोशिश करके 90 की स्पीड पे चला पाते हैं और इसीलिए ये स्पीडोमीटर को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि जो नॉर्मल स्पीड है वो ऊपर की तरफ दिखाई दे आसानी से, तो समझ गए ना स्पीडोमीटर का सीट ऐसी कोई सम्बन्ध नहीं है